है दो में और तेरी कैसे मैं काटूंगा इतनी <laughs> अभी दो <आज> के हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बाई न्यू ब्लॉग तो गाइस अभी टाइम हुआ है आठ बज के चौवन मिनट ठीक है तो अभी जा रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने क्योंकि आज मेरा बीक ऑफ है तो इसलिए आज मैं कुछ गाड़ी में थोड़ा बहुत काम करा लेता हूँ और उसके बाद फिर आगे की वीडियो बनाते हैं तो गैज अभी मैं चलता हूँ गाड़ी की सर्विस कराने जा रहा हूँ तो थोड़ा चलते हैं तो गाइस जब अभी मेरी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है तो मैंने गाड़ी सर्विस करा ली अब मैं चलता हूँ घर और घर जाके मैं गाड़ी को धुलूँगा क्योंकि यहाँ धुलने के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है इनका कंप्रेसर ख़राब हो चुका है तो अगर कंप्रेसर ठीक होता तो मैं गाड़ी ज़रूर धुलवा लेता तो मैं दिखाता हूँ आपको मेरी गाड़ी अभी नीचे खड़ी है धुल और सर्विस वाले सोच चुकी है और सर्विस करा के चलते हैं सीधे घर काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे अभी मैं दिखाता हूँ कितना टाइम हो गया है आप देख सकते हो दस बज के में सवा दस हो चुका है टाइम मुझे एक घंटे के करीब हो गया तो चल ये मेरी गाड़ी है खड़ी है नीचे और चलता हूँ वीडियो चलता हूँ घर के लिए तो गाइज़ अभी मैं सर्विस करवा चुका हूँ गाड़ी की और अभी मैं जा रहा हूँ कटिंग कराने शर्ट बस चेंज किया मैंने क्योंकि इसमें बाल हो जाते हैं तो कटिंग वाली शर्ट पहनी है तो अभी देखता हूँ मैं सैलून खुला है नहीं खुला है तो कटिंग कराने चलते हैं ठीक है गाइज़ तो गाइज अभी मेरी कटिंग हो चुकी है आप देख सकते हो हाँ मसीन वसीन लगवा के कटवाया आपकी बार इसी लिए तो क्योंकि कटिंग हो गई अब और टेंशन खत्म तो भैया को पैसे देते हैं और चलते हैं फिर उसके बाद नहना धोना करना कुछ खाया भी नहीं है मैंने सुबह से और अभी टाइम हो गया होगा मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे बैठे बैठे हाँ के, के चौंतीस मिनट हो चुके हैं तो चलता हूँ मैं घर ठीक है गाइज नजर के सामने जिगर के पास कोई रहती है वो तुम